कहता हूँ तीन जगह जाओ या तो जिम जाओ बॉडी ही बन रही है मंदिर जाओ व्यक्तित्व तो बन रहा है और लाइब्रेरी जाओ ज्ञान बढ़ रहा है इन तीन चीजों को छोड़कर बाकी जगह कभी कभार चले जाओ कभी पार्क में भी चले जाओ कभी मूवी भी देख लो मन कर रहा है दो घंटा क्रिकेट खेल लो कुछ लोगों की आदत है एक एक्सट्रीम छोड़ते तो दूसरा एक्सट्रीम पकड़ लेते हैं अति किसी भी चीज की खराब